नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि के जातकों का अक्टूबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में इस राशिफल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर माह में मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया ले करके आया है मेष राशि के जातक अक्टूबर माह को किस प्रकार प्रभावशाली बनाएं क्योंकि अक्टूबर माह में धन की देवी माँ लक्ष्मी का जो है त्यौहार आ रहा है दीपावली पर्व रहा है और ऐसे ऐसे प्रयोग बताएंगे कि पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा दर्शकों ग्रही गोचर व्यवस्था क्या है इस माह इस पर भी एक हम दृष्टि डालेंगे तथा दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मेष राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2020 पे हमने अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं दर्शकों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है निवेदन है कि हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दर्शकों उन्नीस और बीस अक्टूबर मैं दिल्ली में रहूंगा इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पर्सनली हमसे मिल करके करवाना चाहते हैं तो अभी से आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिए क्योंकि दो ही दिन के लिए समय है जो है लेकर के आ रहे हैं और संख्या अधिक हो जाती है तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट पाई पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा अक्टूबर माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो दो अक्टूबर दिन बुधवार है गांधी जयंती रहेगी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रहेगी छः अक्टूबर रविवार दिन रहेगा महाअष्टमी पूजा रहेगी सात तारीख को जो है महानवमी रहेगी इसी दिन व्रत का पारण होता है आठ अक्टूबर मंगलवार दिन रहेगा दशहरा रहेगा और दुर्गा जी का विसर्जन भी इसी दिन होगा नौ अक्टूबर बुधवार दिन रहेगा पापा कुंश नामक एकादशी का व्रत रहेगा ग्यारह अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा 13 अक्टूबर रविवार शरद पूर्णिमा वाल्मीकि जयंती भी इसी दिन रहेगी 21 अक्टूबर सोमवार दिन रहेगा अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत जी हाँ काफी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए जो है इस माह में आपको मिल रही है वही 24 अक्टूबर गुरुवार दिन रहेगा रमा एकादशी व्रत रहेगा पच्चीस अक्टूबर शुक्रवार दिन धनतेरस और प्रदोष व्रत रहेगा कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा और धनतेरस रहेगा सनतेरस के भी तमाम प्रयोग रहेंगे आप हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए 26 अक्टूबर शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी रहेगी 27 अक्टूबर रविवार दिन रहेगा दीपावली का दिन रहेगा और महालक्ष्मी पूजन भी 27 अक्टूबर को ही होगा 28 तारीख को सोमवार दिन रहेगा गोवर्धन पूजा रहेगी और विश्वकर्मा जो है जयंती 29 तारीख को रहेगी इस दिन भाईदूत भी रहेगा मंगलवार दिन रहेगा 29 अक्टूबर को तो दर्शकों गृह गोचर व्यवस्था क्या कहती है आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेष राशि का एक कुंडली चार्ट बन करके आया है तो ग्रही गोचर व्यवस्था तीसरे घर घर में में राहु पराक्रम के सात नंबर अर्थात तुला राशि में बुद्ध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग जी हाँ व्यापार के घर में पत्नी के घर में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है इसमार बहुत कुछ पॉजिटिव चेंज आप लोगों के लिए लेकर के आया है इसके साथ साथ बताना चाहेंगे दर्शकों आठ नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं शनि और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं मार्गी हैं शनिदेव यहाँ पर तो काफ़ी कुछ चीज़ें ये माँ आप लोगों के लिए लेकर के आया है तो देखिए दर्शकों एक से चार अक्टूबर के मध्य यदि हम बात करें तो जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों के साथ कुछ आपके मन और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तथा शासन व प्रशासन से भय रहेगा दर्शकों कारण इसका यह है कि राहु देव आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे लेकिन राहु की पंचल दृष्टि आपके पत्नी के घर पर पड़ रही है तो ये चीजें जो रहेगी यहां पर मतभेद कराती हुई नजर आएगी छोटे भाई बहनों के साथ कुछ आपके मतभेद होंगे यात्राओं तथा व्यवसाय से अपेक्षित लाभ इस बीच नहीं मिलेगा जिसके कारण आपका मन बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहेगा वही 4 से 17 अक्टूबर तक की अवधि में यदि हम आपकी बात करें आपके आर्थिक क्षेत्र में जो भी कठिनाइयां चली आ रही है ये समाप्त होगी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई देगा स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे दांपत्य जीवन के मतभेदों का समाधान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा दर्शकों जहा पर आप देख रहे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अष्टम स्थान पर बैठे हैं लेकिन जो इनकी नवम दृष्टि है ये नवम दृष्टि सुख के घर पर पड़ रही है और जो फोन नंबर लिखा है ये बृहस्पति की उच्च राशि हो रही भले ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ नहीं बैठे हैं लेकिन अपने उच्च राशि को देख रहे हैं तो कोई नया वाहन क्रय करने का योग बन रहा है हो सकता है नवरात्र दीपावली में आप लोग कोई नया वाहन क्रय करें या कोई भूमि का टुकड़ा भवन अथवा कोई जो है फ्लैट वगैरह आप क्रय कर सकते हैं पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं पराक्रम के घर में राहू बैठने से आप किसी के सामने इस महीने दबेंगे नहीं अपने आप को आप उभार करके बाहर लाएंगे और जो आपके विरोधी रहेंगे वो खास करके इस बार काफ़ी आपसे जो है डरे हुए रहेंगे और आपके सामने सर नहीं उठाएंगे जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा सूर्य देव सत्रह तारीख को जैसे ही ये अपनी नीच राशि में जाएंगे तो पुराने मतभेद फिर उभर करके सामने आएंगे आपके अगर पुराने अफेयर किसी से हैं तो ये बातें खुल करके आपके जीवन साथी के सामने आ सकती हैं जिस कारण काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्थिति रहेगी वहीं दर्शकों अट्ठारह से सत्ताइस अक्टूबर के मध्य कार्यों में कुछ आपको असफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है जिससे आपका मन बड़ा खिन्न रहेगा व्यवसायिक बाधाओं का सामना इस माह करना पड़ेगा आपको इतनी यात्राएं आपको होंगी कि आपके शरीर को थका देंगी परिवारजनों से मतभेद एवं विवाद होगा इस माह आपका वजन अचानक से बढ़ेगा धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलिप्त होंगे कोई अचानक से आपको उपलब्धि भी मिल सकती है ये जो अष्टम स्थान दर्शकों होता है ये होता है अचानक लाभ का कोई बड़ी उपलब्धि का होता है आयु का होता है जीवन का होता है अकल्ट फील्ड का होता है पारलौकिक दुनिया का होता है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं तो पारलौकिक आपको जो है कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होगा ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा लेकिन इसी बीच आपको उधर विकार तो आप कारण आपके मन में क्लेश रहेगा अपेक्षित आय में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ेगी अट्ठाइस अक्टूबर के जो है अट्ठाइस अक्टूबर से मंथ के एंड तक की धन प्राप्ति का योग बन रहा है दर्शकों फिर हम कह रहे हैं अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उन्नीस बीस अक्टूबर आप हमको दिल्ली में आकर के मिल सकते हैं पर्सनली आप हमसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं आप हमसे उपाय ले सकते हैं रेमडी ले सकते हैं और वार्षिक राशिफल भी देखिए मेष राशि के जातकों आप लोगों का हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जो है जा कर चेक कर सकते हैं तो मास के अंत में कष्टों से मुक्ति मिलेगी और विलासिता की सामग्री में आपके वृद्धि होगी जो सुखो जो है आप लग्जरियस लाइफ आपने सोची है वो आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी परिवार से आपको कुछ आर्थिक संपत्ति और सुख सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सप्तम स्थान में बुद्ध शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है तो इस माह कोई आप नया रोजगार प्लान कर सकते हैं या उनकी आप शुरुआत भी देखिए कर सकते हैं किसी नए पार्टनर के साथ आपके संबंध स्थापित होंगे वहीं शिक्षा में आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी मेष राशि का जो स्वामी रहेगा ये मंगल ग्रह है कर्म स्थान पर जी हाँ दर्शकों कर्म स्थान पर रहेगा जो है इसका संचार अतः कार्य के प्रति आपका उत्साह दर्शकों बढ़ेगा मंगल की चौथी दृष्टि देखिए दर्शकों भाग्य के घर पे भी पड़ रही है तो भाग्य का प्रॉपर साथ भी आपको मिलेगा वही कार्य स्थल पर आपके अंदर जोश रहेगा जुनून रहेगा कुछ कर गुजरने की शक्ति ये माह लेकर के आया है उम्मीद दिखाई पड़ रही है लेकिन संतान के ऊपर कुछ आपको खर्च अधिक करना पड़ सकता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या स्वास्थ्य वगैरह के उतार चढ़ाव में भी आप कुछ धन खर्च करते हुए नजर आएंगे ज्यादा गुस्सा एवं उत्तेजना से कोई बना हुआ आपका कार्य खराब हो सकता है अतः अपने क्रोध पर काबू रखिएगा अष्टम गुरु होने से स्वास्थ्य हो भी, भी नहीं रहेगा प्रेमी प्रेम का, का आपस में मन मुटाव हो सकता है तो काफी कुछ चीजें लेकर जो है यह माह आया है वही अगर अविवाहित है तो कोई शादी का नया प्रपोजल आएगा यदि आप स्त्री जातक हैं और प्रेगनेंट है तो आपको जो है कौशल तक की नौबत आ सकती है अतः डॉक्टर के नियमित संपर्क में यदि आप हैं तब तो ठीक है नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है फिर कह रहे हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार आप लोग जरूर करवाइए चलिए दर्शकों प्रोग्राम के अब समापन की ओर बढ़ चलते हैं इस माह के लिए आपके लिए जो लकी कलर रहेगा ये क्या रहेगा तो इस माह में सबसे ज़्यादा आपके लिए जो भाग्यशाली रंग रहेगा ये रहेगा लाल रंग जिसको रेड कलर बोलते हैं येलो कलर पीला रंग ऑरेंज कलर और पिंक कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे आपके जो भाग्यशाली अंक है जो हमारे फॉरन से दर्शक देखते हैं लॉटरी वगैरह लेते हैं तो एक नंबर और आठ नंबर सर्वथा शुभ रहेगा इस नंबर पर यदि आप खेलते हैं तो निश्चित ही विजय मिलेगी अभी हम आपको डेट बताते हैं उस डेट में आपके लिए शुभ दिवस कौन से होंगे अशुभ दिवस कौन से होंगे लेकिन आपके लिए जो अनुकूल जो है दिशा होगी ये होगी ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा की ओर यदि आप कोई सार्थक प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आपको विजय मिलेगी प्रतिदिन का यदि आप हमारा राशिफल देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बेल आइकन दबाई ज्योतिष से संबंधित या आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं आशीष पांडे ट्वेंटी एट के जो है नाम से हमारी आई बनी है इंस्टाग्राम फेसबुक इस पर भी आप जो है अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आके फॉलो कर सकते हैं इस माह के लिए जो सबसे ज़्यादा लकी डेज आपके लिए रहेंगे तो एक तारीख तीन तारीख चार तारीख छः तारीख सात तारीख आठ तारीख 14 तारीख 19 तारीख 21 तारीख 25 तारीख 28 तारीख और इकतीस तारीख इतने जो दिवस रहेंगे ये लकी डेज रहेंगे इनको आप लोग नोट कर लीजिए और जो अनलकी डेज रहेंगे प्रतिकूल दिवस रहेंगे वो कौन से हैं तो दो तारीख नौ तारीख 11 तारीख 16 तारीख तेईस तारीख 27 तारीख और 29 तारीख ये जो दिवस रहेंगे ये आपके लिए अनलकी रहेंगे तो भूल के भी इसमें कोई कार्य आप लोग मत करिएगा अब चलते हैं उपाय की ओर तो देखिए चूँकि ये जो माह रहेगा ये कुछ प्रकृति का ऐसा माह रहता है अक्टूबर माह कि इसमें दैवीय कृपा बड़ी जल्दी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है तो धन लाभ के लिए आपको करना क्या रहेगा प्रतिदिन श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए और हर शुक्रवार को बिल्व पत्र और देसी घी से आप इन पाठ का हवन भी कर सकते हैं दूसरा शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को या किसी स्त्री को दूध जो होता है और मिश्री होती है इसका दान आपको करना रहेगा गुरुवार वाले दिन चूँकि जुपीटर अष्टम स्थान पर है यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और गजेंद्र मोच का पाठ करिए आपके लिए बेहतर रहेगा फिर एक बार हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दिल्ली से हैं उन्नीस 20 अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे आप लोग आकर के मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वार्षिक राशिफल यदि आपको देखना है तो हमारे इस चैनल की प्ले में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं अंतिम उपाय दर्शक को बताना चाह रहे हैं दीपावली वाले दिन आपको करना क्या रहेगा सात कौड़िया सात गुमती चक्र और सात कमलगट्टा इसको एक लाल रंग के कपड़े में रखिए और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और इस पोटली को बांधिए और जहाँ पर आप पूजा करेंगे लक्ष्मी माँ का पूजन करेंगे उसमें ये पोटली रखिएगा और आफ्टर पूजा मतलब पूजा के उपरांत इस पोटली को उठाइए और धन रखने के स्थान पर रखिए प्रतिदिन वहाँ पर धूप दीपक वगैरह दिखाते रहिएगा आपके लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन ले करके आएगा ये दीपावली ऐसा हमारा मानना है तो मेष राशि के जातकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब की, भी कीजिए बेल आइकन भी दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए कि आपके मित्रों के साथ ये वीडियो पहुंचे दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार